में हारे वाला हवेली मेंवे बंगला।, बंगला भूत बंगला लेके जाए ऑफर हो ऑफर हो जो हाजियो काम बने तीन, तीन। चले 3 3 लवड़ा का बाल के 3 ये जो फूंक के दिला हां वो गजज अब क्या गिला फूका लगा दे अरे काला हो रे 3 छगा अरे कौन के छक्का लाया रे यो चाचा अरे ये आ तू क्या कर रही रे ओह नो तू तू भी खडा गए से रे रेगा रे छक्का वो चल ना आएगा रे अभी तो भूत पगला जाएगा तुम लोग देखना छक्का से ये खोल लो 3 4 करगो ना ए हो गए आज हो गयो ए देख ला यहां का दिया मुवा लनो हां छक्का चारे को देखो 5 10 56 का पता छूटे से आ लोग इधर आ लए तुम ना मालूम हो उम्र सारी अरे आप लोग कटियो दे दो हां क्या वैसे लगते हुए लगते लोगों को शैतान के नाम लेके छक्का तीन ए टकला टकला टकला हिला दिया कैसे आज यो फुक्के से आज यो अरे आज रे फुक्के चार यो रे ये लगा छक्का कैसे होने अरे टकला कैसे ले पैसा कर लियो पटाख लियो देव पूछो ना अरे टकला छक्का में कर लो छक्का ले रे अरे छक्का ले रे छक्का छक्का चल सरकार ऐसी सारा बच्चों कैसे ना? आप हमारा पार्टनर चलिए ला। ला। ला ला। चलिए। रे हमारा पार्टनर चलिए चलो देख हम अपनी माल का नाम लेके ले छक्का छक्का छक्का छक्का छक्का छक्का छक्का छक्का छक्का नई वाली वाली ओह नो ये देख करो दे के निकल लोका तो तो रे डर्न आउट हो रही है टकला का टकला फोड़ ले रे यस भाई भाई मानी करो रे रे टकला का टकला फोड़ ले बोल रे मार रे चल रे बहुत मार बोलो छक्का लगाucho ना इंशाल्लाह बेमानी करो दो छक्का दो छक्का दे ले दो छक्का चार दो छक्का एक दो चार छक्का ना छक्का ना दो छक्का ना दो रे तो या ले? या या ये ये बारी है देखो का दी लगा हुआ हो तो यार तो यार तो तो दे टकलो तो <laughs> ठीक से चलना रही है। चका। यहाँ एक से यहाँ, यहाँ, यहाँ, तो तो यहाँ, यहाँ देखो तीर एक यह नहीं। नहीं। तीर नहीं। ना नीन का बताओ का जाओ मतलब ना पांच पांच पांच पांच छक्का छक्का छक्का छक्का चले चले पूछ ले देख नोट देखा तो हमें तो एक दो 3 देख रे एक चक्कर चला ओ नो नो नो नो उना पीछे पीछे उछले से हमरा भी आहि यहां इधर तू दादी चल रहा है एके में बेईमानी कर लिया है यहां से ऐसे थोड़ा बिडर यहां ना तो हमरा यहां ना है तो यहां नहीं ओ नो नो नो नो चक्कर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 आवाज भी पड़ती कर 1 2 3 4 5 6 2 6 5 रे रे रे रे जदिन द हाल में मारी कोडागा कौन 5 कब लेगा अभी ना रे तू चल ले ना पूछ ना ले चल ना ले पास पता सलाम तो ध्यान देता है। दे, तो तू गेम, दे गेम तो दे तो तो देखू का नहीं देख, बना तो मांगता रहिए सलाम अभी तो रा चले एक छ छका पांच ले छका ले काम खेलबे ना हाँ। ला। ला रे रे साला कचरा हमना के साला लोर लिए बेईमानी करम लिए साला हमरे हमरे मारले मादरचोद हां बेईमानी मादरचोद बेईमानी करले चल चल चल चल बगलो देख चल ले अरे चल चल के देखिया एक हां ऐसे ही मार जा चल कोई बात नहीं यहां चल थोड़ी इधर ही चलबो हां बहुत पे लो व्यक्ति चल भाई भी ओ नो ये यहां ये तेरा हाथ से जहां ना जाइए रे ज्यादा कई है भाई रानी ना चली और नवाबी चल क्या कर रहे हो रे साला एक से खेल लो एक से खेल लो ये काट एक से खेल लो ये घर है कितना वाले मालूम हमारा की ना हो लो घर घर घर में जो। सारी साला दोनों मिलके तुमको हरायेंगे देखो हम खाएंगे आलू तुम खाएगा बर्गर तुमको काट के बेचेंगे खेत में चढ़ने को निकाला से यहाँ नो नो नो नो देख के पांच देखिए पाँच पाँच हजार अच्छा हम लोग की बारे में हम लोग के बारे में बताएगा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 कागानिया वेर अरे हमरे साला सपास की दादी के ऐसा ना बोलो चलो बेटा ऐसा सपास की दादी तो सही कर ऐसा नौसु को नहीं बात ये ना लो ठीक चले हमरी वाली वो जाके बस नाऊंगा पांच एक दो तीन चार बिजी तो नहीं है, फिर वो उसका ये या वो उसका ये, わあ。じゃあ、スタートの時にね、何というか、1234 <meth Tamil>。さあ、12、やったろ。じゃあ、順番にか。うん。1、2、3、4。うん。はい、どう? 7 4。じゃあ。じゃあ、1234。 से से देख देख देख ले ली सब ना अब देख, पाँच से तो टीम को देख एक दो तीन चार पाँच <laughs> <laughs> <laughs> जा नो नो नो बारी बारी कट ले देख कैसे कट बारी बारी पूछ अरे कुत्ता ना जा दो 3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 पांच पांच में देखता हाल पांच चलो रे रेucho apart par se dekh yahan se ek chakka lo wahan se panch wahan chakka wahan dekh teen se ghar mein ho kuch na hai chal chal chal kare re sala niche bhej re are sala bhai mani sala 3 10 chal तुम्हारा परचेज करी ना यार पांच हां 25 से रे छक्का लड़े कहां पता छक्का ला फुल गुड दो छक्का दो छक्का हां चल दो छक्का फुक फुक फुक फुक एक छक्का वाला देख छक्का वाला देख ले ले ओके ला यो दे ले देख छक्का जार। जार। जार्ण जार्ण जार्ण रे लाली एक दूसरे लाली चांदी चार चार दो तीन चार एक आपरे टीम में से जा। क्या बकचोदी एक प्रोटीन की गुडी घर तो बोला लो करना ये चल साले यार हाथ निकाल ले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 मार मार खत्म लाल कलर लाल तुम लाल। लाल। यहाँ ना पास लाल हो लाल रहे छक्का पांच पांच से यहां ले हम ना चल हाँ रे रे के बाद हम उड़ रे के बाद तीन है तीन के बाद हम उड़ तीन एक दो तीन छक्का एक रे दो छक्का ए साला एक रे दो छक्का रे एक दो छक्का दो छक्का एक छक्का ना एक छक्का दो छक्का दो छक्का चार एक चला लो डाली चल कड़े तो दोनों को लेके जाबो घर तक ही लेवा चले मिलके अच्छा बिया पा चलो रे ऋतुबा तू लालु गेला बे तो लाला हो गेला रे तू भी लाला बनला चल रे ए शंका ए सरचाला शंका पांच 1 2 3 4 5 6 का 1 2 3 4 5 तू ला तूला सात आठ चोट पांच से लाली चल पांच पांच चलो मारक लाल एक्सेल लाल अरे बात एक्सेल लाल एक पांच एक्सेल लाल पांच चलो पांच चलो भाई मिला दे तू बोल आले अरे जल्दी के ना एक्सेल लाल अरे बोल रे नो नो नो नो I don't know what to do. Oh, he tried it. <laughs> ले जा है रहे गेम हवेली पे ले जाने का कहा हवेली यही क्या करे हवेली पे